Five oh two is no six seventy three or something. Anyway, it's just a phone. Hey, Aniya, I saw. Hop, hop, hop, hop, but the time is <laughs> up. Me I need a cabbage, mom. Me I need a pepperoni, chicken curry, tower.

देखा आपने लापरवाही का नतीजा है <tweak> <tweak>

तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं

जी <laughs> ऑर्डर <laughs> <इसे एए। laughs>

नहीं तो जा रहा है